दोस्तों स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है आपको फाइव मिनट्स में अपने बाइसेप मसल को कैसे पंप कराना है जी हाँ दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि आप चाहे तो फाइव मिनट में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसकी मदद मतलब से आप अपने बाइसेप के मसल्स को फाइव मिनट्स में पंप करा सकते हैं आइए देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग इन बेसिक एक्सरसाइज को करके और बाइसेप के मसल्स को पंप करा देंगे लेकिन पहले थोड़ा सा सावधानी देने वाली बात है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले जैसे कि मैंने पहले बताया भी है आपको तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है जितना अच्छा आप वार्म कीजिएगा उतनी अच्छी एक्सरसाइज आपकी होगी इसलिए सबसे पहले हम वार्म करें आइए दोस्तों हम लोग वार्मअप एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले हम करेंगे जंपिंग जैक देखिए जंपिंग जैक एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है यूँ हो जाना सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाना है उसके बाद ये एक्सरसाइज कम से कम 30 या 40 टाइम्स आपको करना है इससे आपको क्या होगा कि आपके लेग में आपके ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा इसमें सांसों का बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है और जानते हैं दोस्तों कि जितना अच्छा से आपका ब्रीथिंग का एक्सरसाइज होगा ज़्यादा आप आपको स्ट्रेन आपके बॉडी में पावर उतना ही ज़्यादा आएगा उतना ही अच्छा स्ट्रेंथ आएगा ये है जंपिंग जैक एक्सरसाइज तो कई तरीका से किया जाता है ये बिगनेस के लिए ओके। तो ये हमारा जंपिंग जैक एक्सरसाइज हो गया देख रहे हैं आपकी सांसों का स्पीड जो है कितना फास्ट होता है अब इसके बाद हम लोग रस्सी जंप करेंगे तो जितना अच्छा आप वार्म अप एक्सरसाइज कीजिएगा उतना अच्छा आप कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लीजिएगा कोई भी हार्ड एक्सरसाइज जब करने जा रहे हैं तो आपको पाँच से लेकर दस मिनट बीस मिनट तक वार्मअप एक्सरसाइज जरूर कर लेना है कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेनी है ये देखिए आज हम रस्सी जंप लगाएंगे कम से कम रस्सी जंप आपको डेली वन तो मिनिमम लगाने ठीक है 100 जो रस्सी जंप है आप मिनिमम रेगुलर लगाइएगा दोस्तों मेरा एक नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है कि यदि हम डेली 100 रस्सी जंप लगाते हैं थ्री टाइम या फोर टाइम तो 30 डेज में आपको क्या इफेक्ट आपके बॉडी पड़ता है वो उस वीडियो में मैं बताऊँगा आइए फिलहाल हम रस्सी जंप लगाते हैं हंड्रेड तो काउंट कर हैं आप नाइन ट्री दोस्तों ये था रस्सी जंप जो कि आपने देखा कि 100 टाइम्स मैंने रस्सी जंप लगाया है सबसे पहले आपको जंपिंग जैक एक्सरसाइज करना था उसके बाद रस्सी जंप। यदि आपके पास रस्सी नहीं है तो उस समय आपको क्या करना है उस समय यदि रस्सी नहीं है तो आपको नॉर्मली बस यूँ खड़े हो जाना है अपने हाथ में बस एज्यूम कर लाना कि रस्सी है और इस तरह जंप लगाना है देख इस तरह आपको जंप लगाना है हालांकि रस्सी रहता है तो ज़्यादा बेहतर पड़ता है ओके तो ये हो गया हमारा कुछ वार्म अप एक्सरसाइज अब हम थोड़ा सा पुश अप करेंगे और पुशअप करने के बाद हम लोग आपको बताएंगे हम कि फाइव मिनट में बाई को कैसे ऐसे कम किया जाए तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पुशअप करेंगे सबसे पहले नॉर्मल पुशअप करेंगे यूँ अपने हाथों को लेना है थोड़ा सा शोल्डर से पीछे ओके और ऐसे ऐसे नहीं करना है ठीक है ऐसे गर्दम को ऐसे या ऐसे नहीं करना है नॉर्मल एकदम नॉर्मल हो जाना है ज्यादा स्पीड में भी नहीं <tört> ये हो गया हमारा नॉर्मल पुशअप ओके नॉर्मल पुशअप खो जाने के बाद जैसे कि मैं बताया हूँ यदि बाइशेप एक्सरसाइज कर रहे है या हैं या तो मतलब हैंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बाइशेप पुशअप हुआ डायमंड पुशअप हुआ इनको करना है इनको जरूर से जरूर करना है बाइशेप या बाईशेप एक्सरसाइज करने से पहले तो सबसे पहले हम डायमंड पुशअप पारेंगे डायमंड पुशअप पार देखते हैं कैसे मारा जाता है सबसे पहले तो आपको डायमंड की स्टाइल में इस तरह अपने हाथ को कर लेना है ठीक है उसके बाद यू हो जाना है और ये आप देख सकते हो ट्राईशेप पे कितना अच्छा असर पड़ता है देख रहे कितना अच्छा ट्राईशेप निकल के आता है यह हमारा डायमंडषअ इसके बाद हम पायश पुशअप करेंगे जैसा कि वाइश पुशअप के लिए हमने पहले ही बताया कि आपको हाथ को ऐसे नहीं ऐसे नॉर्मल पुशअप के लिए हाथ को हम लोग ऐसे करते हैं डायमंड पुशअप को के लिए सॉरी वाइश पुशअप के लिए हम लोग इस तरह हाथ को कर देंगे और ऐसे करके अपने आप को जमीन पर लाएंगे ठीक है जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं बाइशप कुशअअप मार के बताया था एक और चीज़ है कई मेरे व्यूअर ये सवाल किए थे कि ज़मीन पर डायरेक्ट जो बाइशप कुशअप मार रहे हैं मारने में थोड़ी कठिनाई होती है तो इसको कुछ इसका ईजी वे बताया जाए कि हम अधिक से अधिक मार सकें और ताकि बाइशप कुशअप मारने का भी स्ट्रेंथ हमारा बढ़ सके तो आज हम बताएँगे आज के वीडियो में सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक थोड़ा ऊँचा सा चीज़ ले लेना है इतना हाइट का और उसके ऊपर हाथ को यूं रख देना उसके बाद ये एक्सरसाइज मारना है फिलहाल मेरे पास ओ, देखते हैं क्या चीज़ है आइए देखते हैं ये तो डंबल हो गया आइए देखते हैं कुछ जुगाड़ यस यहाँ पर है आपको ये ऊंचा सा चीज हमको मिल गया ओके चलते हैं ये देखिए। रख लेना है और यहाँ पे हमको अपने हाथ को यूँ रख लेना है ठीक है और इस तरह हो जाना है वाव अब हम और अच्छे से बाइशेप पुशअप को परफॉर्म कर सकते हैं बाइशेप पुशअप और आप एक चीज कैर कर रहे होंगे बाइशेप पुशअप और डायमंड पुशअप दोनों करने के बाद थोड़ा सा हमारे बाइशेप में इसका साइज थोड़ा सा कम किया है अब इसको हम कुछ डम्बल की मदद से जैसे हमने यहाँ पर डम्बल रखे हुए हैं ये 10 केजी का है और ये जो है 5 केजी का डम्बल है इन दोनों डम्बल की मदद से हम परफॉर्म करेंगे यदि आपके पास डंबल नहीं है तो आप ईंट ले सकते हो और ईंट को लेकर भी एक्सरसाइज को कर सकते हो वेट बढ़ाना है तो डबल ईंट ले लीजिए ट्रिपल ईट ले लीजिए ईंट गिरने का डर है तो ईंट को बांध लीजिए उसके बाद वो एक्सरसाइज को कीजिए है ना जुगाड़ किसी तरह कर लेना है आपको ओके तो आइए हम लोग अब बाइसेप को पम्प कराते हैं जो हमारा आज मेन वीडियो है ताकि आज हमारे वीडियो का थीम है बाइसेप को पम्प कराना है बाइशेप कैसे पंप करेगा ये हम देखते हैं सबसे पहले आपको नॉर्मल डंबल लेना है ये हम ले लिए डंबल। इस डंबल को लेके आपको नॉर्मल बेसिक जो बाइशेप की एक्सरसाइजेज हैं उनको परफॉर्म करनी है यू यू है ना? करते रहिए के बाद ज़ादर देर नहीं लेना है दोनों नंबर को एक सकते देख रहे जब होल्ड कहूंगा आपको होल्ड करना है होल्ड होल्ड हो गया अब डाउन होल्ड बस इतना पे। अप डाउन अप डाउन अप डाउन।, डाउन देख रहे हैं आप कितना जबरदस्त असर कर रहा है ये? थोड़ी देर कीजिए टाइम्स उसके बाद नीचे आप टेन टाइम इसको करना है आप ऑफ फूल कीजिए जब तक फट फटने लगे ये भविष्य पूरा फटने लगा ये हुआ हमारा छोटा सा प्रयास बाइसेप के लिए अभी पूरा पंप नहीं किया है अब हम पंप कराएंगे लेंगे थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे इसमें ये आ गया हमारा टेन के देखिए दोनों डंबल को एक साथ यू अप डाउ डाउ सिंगल हैंड तो उनको क्या करना है इस तरह से इस पोजीशन में आ जाना है देख रहे इस पोजीशन में और आप देख कितना अच्छा असर पड़ रहा है पे आप यू भी दे सकते हैं इस एंगल से भी पे कितना असर पड़ रहा है आपको इतना डाउन हो जाना है। तो दोस्तों आपने देख लिया ये है बाइसिप पर कुछ थकाने वाला एक्सरसाइज और इन एक्सरसाइज की मदद मतलब से आप अपने बाइश को फुली पंप करा सकते हैं देख सकते हैं कितना अच्छे से ये पंप हुआ है देखिए देख रही है ये छोटा सा कैप निकल कर आगे है रहा न देखिए ये हमारा बाइस्यप पंप है थोड़ा सा और हमें करते हैं एक और नया तरीका बता देते हैं अपने हाथ को ऐसे कर लेना है और एक हाथ को यू देख रहे कितना अच्छे से पाइश का निकल के आ रहा है फिर सेकंड वाले को अब आप देख सकते हो पाइशेप का मशल्स जो है कितना बिल्ड किया है कितना पंप किया है आप देख सकते हैं वीडियो देखिए वीडियो को एक बार बैक करके बाइशप को देख लीजिए और आफ्टर एक्सरसाइज इस बाइश को देखिए कितना ज़बरदस्त ये पंप किया है तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ धन्यवाद